हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर फाइन टेक्निकल दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लिख आया हूं जिसमें आपको मात्र सात हज़ार से लेकर पंद्रह हज़ार रुपये के बीच में आईफोन मिल रहा है जो कि आपने अब तक पहली बार देखा होगा ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली हैं आप पूरा वीडियो देखें अगर आप आईफोन वाई करना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हमें अपने पेटीएम में जाना है अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं चलाते हैं, तो आपको पेटीएम पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो चलिए हम चलते हैं अपने पे में और हमारा पे ऑन हो रहा है तो हमें अपने सर्च वाले आइकन पर लिखना है सर्च जो हमारा सर्च वार आता है सर्च बार आ रहा है उस पर लिखना है हमें यूज़ फ़ोन तो चलिए हम लिखते हैं आईफोन तो हमें वाले आइकन पर क्लिक कर देना है थोड़ा नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है तो यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं जो आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे ये समय फ़िलहाल आईफोन नहीं आ रहे हैं चलिए हम दोबारा तो या अगर आपको सर्च बॉक्स में नहीं जाना है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा यूज्ड फ़ोन का यूज्ड का मतलब आप ये मत समझना कि मतलब बेकार होंगे अगर आप हम यूज्ड लिखकर सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि ये बिल्कुल ख़रीब ख़राब या बेकार हैं काम नहीं करते हों ऐसा कुछ नहीं है इन पर तो हम गए पे टी में एक ऑप्शन आ रहा हमारा यूज़ मोबाइल आपको करना क्या है आप अपना पे खोलेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफ़ेस दिखाई देगा हमें ऊपर जाना है जैसे ये ऑप्शन आ रहा रिचार्ज और बिल भुगतान का इसी तरह से हमें आगा पे टी का तो यह आ चुका है पेटीएम मॉल पर ख़रीदारी करें तो हमें और देखने वाले आइकन इस पर क्लिक करना है फिर हमें यूज्ड मोबाइल पर क्लिक कर देना है मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए प्रोसेस धीरे चल रहा है गाइस तो यहां पर आपको बहुत ही कम दामों में आईफोन मिल जाएंगे यूज़ का मतलब ये नहीं है कि फ़ोन मैं आप, आपको फिर एक बार बता रहा हूँ यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ये फ़ोन बेकार है ख़राब हैं ऐसा कुछ नहीं है ये सारे चेक किए हुए हैं आपको यहाँ पर सिर्फ ना आई कि आईफोन बल्कि देखो वन प्लस यूज़ स्मार्टफोन स्टार्टिंग सेवन फोर नाइन नाइन यानी सात हज़ार चार सौ निन्यानवे रुपये में आपको वन मोबाइल मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार डील है तो गाय देखें अंडर पाँच छः नौ सौ निन्यानवे में, में कितने शानदार फ़ोन मिल रहे हैं ये देखिए एप्पल का आईफोन है टू जी एक सौ तो अट्ठाईस जी में मात्र तेरह हज़ार रुपये में जो कि आपको इम्पॉसिबल है और सिर्फ ये ये ना समझें कि बेकार है मैं आपको बार बार बता रहा हूं यूज़ का मतलब ये नहीं कि बेकार है या इनमें कोई कमी होगी ये पूरे यूज़ यूज़ मतलब कुछ लोग बेच देते हैं मतलब ये मैं क्या कह, कह सकता हूँ कि खराब नहीं है इन्हें बाकायदा चेक किया जाता है आपको यकीन न हो तो चलो हम एक फोन का रिव्यू कर लेते हैं नेट प्रॉब्लम है इसलिए मेरा प्रोसेस धीरे चल रहा है कृपया वीडियो को पूरा देखें तो ये यह फोन आ रहा है यूज एप्पल आईफोन सिक्स टू जी तो हमें चलो यही देख लेते हैं इस पर क्लिक किया हमने तो मतलब ये इनका इसका ये मार्क है इसका मतलब ये चेक करे हुए फ़ोन है कोई ऐसे नहीं है बेकार नहीं है आप नॉर्मली कोई सेकंड हैंड गांव में से फ़ोन ख़रीदते हैं या किसी लड़के अपने जानते रिश्तेदार से ख़रीदते हैं तो उससे बेहतर होगा आप यहां से सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदें हैं। जो नॉर्मली हम खरीदते हैं उनके मुकाबले बहुत ही अच्छे होंगे ये वीडियो दे रखी है जो कि हम वीडियो हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी वीडियो में कॉपरेट लग सकता है। इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी हुई है सिक्स मंथ है वारंटी ओनली मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट आर कवर्ड एंड वारंटी फिजिकल लिक्विड इलेक्ट्रिकल डैमेजी रिपेयर एंड एसोर आर नॉट कव एंड वारंटी ये प्रोडक्ट्स की डिटेल आ चुकी है कैमरा ये ये सारी सारी आपको फोन फोन खरीदते हैं हैं वही है है और बहुत शानदार अगर आप कोई फोन देख रहे देखो सर्टिफाइड है फुली ऑपरेशनल है सिक्स मंथ की सेलर वारंटी है कितना शानदार फ़ोन है आईफोन जो आपकी बारह हज़ार रुपये में मिल रहा है बताइए इससे सस्ता और क्या लेंगे आईफोन जिसका ब्रांड इतना फेमस है वो उसका फोन आपको मात्र बारह हज़ार रुपये में मिल रहा है और सिर्फ इस पर आई ही नहीं कितने आ रहे हैं वन प्लस वोट लें वो, और सिर्फ आईफ़ोन नहीं सभी कंपनी के फ़ोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अगर दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पहले से आपको पता थी तो हमें कर, हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसी प्रकार की वीडियो लाते हैं अगर आप हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें